दिल बुरा रखकर ज़ुबान से मीठा बोलने की आदत नहीं है इसे इज्जत दी उसे दिल से और जिसे निकाला उसे दिल से निकाल